मुँह से जहर उगलकर अपनी बोली हुई बात भूल जाते हैं लोगों को ज्यादा इज्जत मत दिया करो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं